तो हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स तो आप लोग को अगर किसी भी गेम का वीडियो चाहिए होगा तो इस चैनल पर ज़रूर बने रहे फ्रेंड्स फ़िलहाल मैं अभी आपको गाड़ी बनाता हूँ यार और चलते हैं कहीं घूमने तो यहाँ पे मैं अपने गाड़ी पर बैठ जाता हूँ यार यहाँ पर मैं अपने गाड़ी पर बैठ गया और यहाँ से चला मैं घूमने मैं जाता हूँ हेलीकॉप्टर की ओर यार क्योंकि तो मुझे हेलीकॉप्टर चलाना हैप्टर मैं चल रहा फ्रेंड्स इधर मुझे जारी जाती है यार, रास्ता ब्लॉक किया लो यहाँ पर तो मैं गिर जाता हूँ यार मुझे बहुत चोट लग जाती है उफ। बहुत चोट लग जाती है यार तो मैं सोचता हूँ क्या करो तभी मुझे आइडिया आता है क्यों ना मैं हेलीकॉप्टर मंगा लूं और मैं हेलीकॉप्टर बनाने लगता हूं। तभी मैं डायल करता हूं जीरो मुझे गलती से डायल जाता है जीरो फिर मैं कट मार के वापस डायल मारता हूं तो जीरो लगा ही रहता है जिस कारण मुझे दोबारा कॉल करना पड़ता है इस बार एट थाउजेंट मारूँगा और हेलीकॉप्टर आ जाएगा हेलीकॉप्टर तो आ चुका है फ्रेंड्स और यहाँ पर हम बैठ चुके हैं और बैठ हम उड़ के चलेंगे इस के पार तो यहाँ पर हम उड़ हो है है फ्रेंड्स और हमें के पार जाना तो तो आगे की ओर बढ़ते हैं यार यार पर मुझे मुझे सामने नजर आता इस, पर चलाना था यार। इस पर गाड़ी चलाना था तभी मेरी हेलीकॉप्टर को तो यहाँ पर मैं उतना जाता हूँ यार और यहाँ पे मैं एक बाइक मंगाते हैं और बाइक को लेकर हम उसमें सैर करने चलेंगे और मैं कॉल करता हूँ बाइक के लिए बाइक आ जाती है खटारा यार इस कारण मैं इसे पैर मार के इसे हटा देता हूँ बहुत खटारा है बुलेट है यार तो मैं न्यू गाड़ी मंगवाता हूँ मैंने कॉल किया एक केटीएम को मैंने बुलाया केटीएम को कॉल किया यार सेवन सेवन डायल करके कर, कर। तभी मेरा एक अच्छा रेस्यू हो जाता है जिस नाम नहीं आता फिर मैं वापस डायल करता हूँ यार दोबारा डायल करने पर मेरे सामने आ जाती है एक केटीएम टी बाइक और इसे लेकर हम स्टंट मारेंगे उसमें अब देखिएगा तो इसे लेकर मैं अपने स्टंट मारने चल जाता हूँ यार और इस पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ यह चढ़ा भाई ये भाई मिस हो गया यार पहला बार तो मिस हो गया लेकिन दूसरा बार मिस तो नहीं होगा ये दूसरा बार मैं चढ़ा फ्रेंड्स और मुझे फेंक देता है ऊपर के यार और मैं यहाँ पे भी आ गया फिर से ट्राई कर करते हैं फ्रेंड्स इस बार शायद ऊपर हम गोल गोल घूम पाएँ तो ये दोबारा हम ट्राई करने की ओर चल जाते हैं इस बार मैं इस बार से तो दोबारा घूम जाते हैं यार और यह बैग की ओर उतरने लगते हैं तो मैंने सोचा ये बेकार है अब यहाँ से चलते हैं काली फालतू टाइम पास हो रहे हैं तो यहाँ से हम चलते हैं फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं तो मैं सोचता हूँ क्यों न मैं इस कार को लूट लूं जब इस कार में मैं टकरा जाता हूँ और इस कार के ऊपर गोलियाँ चलाने लगता हूँ लेकिन एक कार तो भाग जाती है यार तभी उधर से मुझे दूसरा कार आता हुआ दिख रहा है और मैं गोलियाँ चलाने लगता हूँ कि कार से उतर जाता मैं धूम गोलियाँ मार देता हूँ भाई लेकिन एक कार वाला तो निकलता नहीं है यार इसका सस्ते हो यार रुक गया भाई फिर मैं सोचता हूँ ये बहुत डैमेज हो गया ड्राइवर भी नहीं कर रहा है तो मैं इसे छोड़ बम लगाकर छोड़ देता हूँ तो वो बम फेंक देता हूँ या फूट जाएगा और मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और बाइक लेकर निकल पड़ता हूँ सैर करने और मैं इस बाइक से पूरे शहर का सैर करता हूँ यार ये बाइक आ गई भाई मुझे तो यह बाइक बहुत जगह लगती है यार क्या कलर है यार लग रहा है कि बाइक नहीं है सार्क मछली है तो यहाँ से मैं बाइक लेकर निकल जाता हूँ घूमने तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मेरे चैनल पर बने रहें